मेरा ये मैसेज उन लड़कों के लिए जो बोलते हैं अपनी सास को अपनी माँ समझो तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि, कि जब लड़कियाँ पहली बार अपने ससुराल आती हैं शादी करके तो अपनी सास को ही अपनी माँ समझती हैं उनमें ही अपनी माँ ढूँढती हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है नहीं मिलती है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि कृपया औरतों को और लड़कियों को बोलने से अच्छा अपनी मां लोगों को समझाइए कि अपनी बहुओं को बेटी समझे बहू नहीं